जय शिव शंकर तेरो नाम लिया कांटो लागे बात प्रदान? दर्द ज्यादा हो रही होगी दर्द कौन है? नॉल वालों जेवड़ी खोल दी रवि सुथारे मांगे बदमाश आवे आगे उठ बैठे मेरी नाड़ काट के जय मंगाल दे उतरा दे रवि कुछ मांगियो बदमाश जो को बर्चिले फिर व्यंगी बात करेगे बेनू ठड है जे ऊपर फेर दिए नहीं तो लोग समझ आओ, में समझ मंगनी आओगी फेरी है फिराइए आहो तेरा बड़का तीन सौ साठ टिपाह बुला ले एक घंटी के साथ छोरा तैयार रहे बुला कोने। हेलो मंगू भाया यारो थोड़सो लफड़ो क्यों आओ तो यार गाड़ी ले गया जे अरे तो किराया कर लिया तो यारो अब क्या करा फिर मरा दिया यार मंगो भाया बात हुई बोट रे वो कह आज गांव में बस को नार रही बार है बता यार थाने अरे तो गाडी ले गया वो गाडी वाला थोड़ा सा बाड़ो बोलो मांगे मैंगो बड़े मांगो मे नहीं रगड़ देने वो बस कर तुम तो फेंगनी थी फेंकली शेरा कम यारू कन्ना रही मैं छोटी नोर पकड़ के लिए सांस तो भी माने पूछ के तेरे पर जे अरे वो काली किंग मत तुम्हारे यार क्यों दिमाग खराब करे आज बेड़ी बीश मैं तने तने मैं तन्ने हमेशा खुश तेरे भी कोई दिक्कत मेरा तू तो मेरी इज्जत रह रही है छोड़ के ना जाई तू तो मैं जामान नटी ना भलोगे केकू तेने नटी ना बोलो <laughs> <laughs> भाई कमला बना मड़ाई उतार ठंडी ठंडी यार समझो ला गए यारो रो दीगा काड़े एक रो सुने को नहीं गए बड़ जार जे मा माखी बड़जा तो दम घुट के मर जा हाँ तो मोटियार मोटियार अब बोल बोल के के को ना मैं तो यही करो बैठो पियो थोड़ी के बात मेरे ही आगे है मतलब है? अरे मतलब अरे पड़ी है। गनी एक्टिंग मोटर क्यों तेरा ग्रह के चुके दि ते गो नहीं लंबाई करियो तेने पड़ेगो भाई बड़ी शोक कर दियो। मेरे अलावा अपने एरिया में दारू बेचे वो वो भी दूसरी गाँव ले करो पानी की रहे कोनी? किन की तो कर फिर क्यों तो धंधो कर रो ब जरूरी है धंधा तो और भी बहुत है और भी तो कर सके वो और धंधो फेर में कह दूंगा फिर कह गाड़ का डे तेरा काली राणा तो भूल गया, गया। मैं ना टूना चागरा क्यों भूल गया खैर छोड़ो हरिक्ण अर्जुन फिल्म देखी जी, जी, है हाँ। चालू कर दियो लाला ला ला लाला हा ला ला तो थे ही बताओ हमने के सजा देनी है मान्य रहना सजा नहीं कि थोड़ा सा दाम जो ताकि मेरे धंधो मारो फैलावा मार्केट बनावा दो तो नंबर को धंधो करके करोगा के थे दो नंबर को धंधो थारे बस की बात को नहीं अरे बस की बात अपन क्या करनी है अपन धंधो करना है अरे मैं थाना सही कूँ दो नंबर की कमाई थारे फड़ापे ही कोनी। के लिए को फड़ापे तो तू क्या करे अरे माना तो करनी पड़े ओ गंडे रोड है छुट्टे कोनी। देख रहना मार सके लेकिन माना धंधो वही करना है माने देख सिर्फ और सिर्फ दाम कमाना है आ, माने, माने अरे कहना मान लियो हे मेरी पंचायत को ए, में को थाने धंधे में ज़्यादा आनी जानी है देख रहा बकवास है मैं विश्वास करा तो सग कर हाँ। चलो दस परसेंट था रहा और बाकी का नब्बे परसेंट मेरा अरे अब खोल तो देव आप पार्टनर हो गया खोल दे कमलान आ जी मतलब करनो परसी? थाने ठेके ठेके में में में रहने दारू बेचनी है और ठीक है मतों। के मतों ये तो को लगा दिया। क्या, दी क्या है? है। हो रही है दी। आ, तो मैं अब ठेके थे? पर रहे किशोर है मन मन ठेके पर है है कोई पता दे यार यार बढ़िया बढ़िया मतलब है लागे। तो तो, तो, तो कुकर बहुत काम, है। वो है। यार तो काम क्यों दिक्कत की दो नंबर को लागे? हाँ, लाइन तो बिया तो किसी से ही को नहीं। तो अथान खेती लगे आ तो ठीक है आपकी है तो, है? तो आदमी तो पागल बात करने ही को, नहीं धंदु धंदु धंदु धंदु को खेती खेती खेती दो नंबर वाले किंबर आरोप मन तो तेरा बुढ़िया लागे तेरी इंच काम है तो महीना तीन हो गया आज साठ गए साबुन थे देख लो कि तरीबिया में एक लाख अस्सी हजार का ठोकर मार दी मैं हाँ। लेर न कर गया ज कार अच्छा भाई मन तो मुश्किल ही काटता ला गया एक कोई बता थे अगर कोई तो। मन तो लेर कर गया। दो थे दो नंबर को धंधो भागी अच्छा थार तो है तो गोचा कड बीच में बाहर है थार तो काम, काम ना कर ना। तो भाई मैं तो लाइन सिर गारे बात मन तो राकेश तेरा धंधो बढ़िया कौन लागे दोन दिया कैन कर दिया थे लाइन सिर मैं तो तो आई बात नक तो है को, लिओ और तो तो तो तो तो दो नंबर आरोप करना दाम को इन तो बड़ा सार लिया होगा लड्डू तो मैं को तीन मिन मैं दो लाख के सारे जा लिया नहीं दी कहने आगे आगे का बात करीसरी बात करना अच्छी कह गलत लागे अच्छी अच्छी कहाँ आ जाने मानना जो तो बीच में सोली कहा और तार समझ की बात मैं है हेलो अरे ठेका में नहीं आ रही हो दो दिन हो गया बात होगी ठेका अब क्या है अब कुल मिला के ठीक है घर आ ले चल ठीक है देखभाल कर बेंगे और कोई दिक्कत हो तो फोन कर दी ठीक है हाँ ठीक कौन भाई जी अरे वो को काम काम पर, पर यार क्या क्या तो तो तो दियो दियो भाई जी तो की ज़मीन दस बीगा तो। काम है तो क्यों यार दो नंबर यार धनो मन तो कामों होना लगे हो को धंधो में काम काम को लाइन लाइन सही तेरी तेरी भाई भाई तो तेरो बढ़िया इंच है है तो तो भाई तो मैं समझी बात है मन तो राकेश तेरो धनो बढ़िया भाई दो